चार मोमबत्तियां अंधेरे में जल रही थीं। वो एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहने लगी एक मोमबत्ती बोली मैं शानती हूं लेकिन हर तरफ मची भाग दौड़ और आपाधापी को देखकर मुझे लगता है कि अब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं अब यहाँ नहीं रह सकती या कहते ही वह बुझ गई इसके बाद दूसरी मोमबत्ती बोली कि मैं विश्वास हूँ लेकिन हर ओर फैले झूठ फरेब को देखकर मुझे लगता है कि मेरी भी अब यहाँ पर जरूरत नहीं है मैं भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती यह कहकर वह भी तुरंत बुझ गई अब तीसरी मोमबत्ती जो थी वह भी बहुत दुख के साथ कही कि मेरा नाम प्रेम है लेकिन मेरे लिए किसी के पास अब समय ही नहीं है मेरा रहना किसी काम का नहीं इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई तभी एक छोटा सा बच्चा उस कमरे में आया और रुआसा होकर बोला कि अरे तुम तीनों मोमबत्तियाँ क्यों बुझ गई तभी चौथी मोमबत्ती बोली रो मत मैं आशा हूँ मैं जल रही जब तक मैं हूँ तब तक हम बाकी मोमबत्तियों को दोबारा जला सकते हैं बच्चे के आँखों में चमक आ गई और उसने आशा से प्रेम विश्वास और शांति को फिर से जला दिया कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारा सब कुछ भी हो जाए लेकिन अगर हमारे अंदर आशा है उन्हें फिर से पाने की हम सब कुछ वो दोबारा फिर से पा सकते हैं और हो सकता है कि पहले जिस स्थिति में वो सारी चीज़ें थी अब उनकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो गई धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फ्री वर्ल्ड को और बाई लेटेस्ट अपडेट्स सबसे